है कोई हल ही नहीं आज भी तो अभी तू आना कल भी नहीं चिट्ठिया भी पाइं मैं तू बनिया ही नहीं कल मिलना यह गल कर ही नहीं देखा तेरी फोटो सौ सो सोमारीड़े मैं देखा तेरी फोटो सौ सो सोम कुड़े केवल दे तूफान सिने सोमारीड़े के उल दे तूफान सिने किस्मत बदलती देखी मैं हे जग बदलता देखया मैं बदल देने मैरम बदलता देखया किस्मत बदलती किस देखी मै जग, जग बदलता देखया मैं बदल देखे दे अपने मैरम बदलता देखया सब कुछ बदल गया मेरा सब कुछ बदल गया मेरा चल चली जा वे मेथों तेरा मन पर मैनू छेती छ तस्वीर सकूप निकल के सामने आ, सोचा दे मैं पागल हो गया जो नजरें चुराने लगे हो लगता है कोई और गली जाने लगे हो खाव जगह के हम दोनों ने मिलके धीरे धीरे किंद लगे हो थ तो तुझे यार अच मेरी गलियां बसाऊं तेरे संग अलग दुनिया बुलावे तुझे यार अच मेरी गलियां बसाऊं तेरे संग में अलग दुनिया ना कभी दोनों में जड़ा भी फसले बसकूह एक और कोई ना है मेरा सब कुछ तेरा को समझ ले तू पे तेरा लिख दे राम देखते जब जब तेरा देखने तेरी याद जब से पल भी भी बरस लगते तो तुझे यार मेरी गलियां तो तेरे संग मैं दुनिया जो तू तू मुझे दे चाहे मेरे हक की ज़मीन रख ले सांसों पे नाम रा लिख दे मैं जब जब तेरा दिल धड़के पहला पहला प्यार हो गया दिल तेरे बिना लगता नहीं दिल हथों बार हो गया इश्क तेरा इश्क मैन सौन ना दे इश्क तेरा इश्क मैनू रोण ना दे इश्क तेरा इश्क मैनू सौ ना दे इश्क तेरा इश्क मैनू ना दे जाऊंगा हसदे हसद मर जो जो जाऊंगा पर प्यार तेरा मैनू कुछ होना इश्क़ तेरा इश्क मेनू कुछ सुन न दे पर प्यार तेरा मैनू कुछ हो दे इश्क तेरा इश्क में हो सोन न देवे ने भी देखने की हद कर दी और वो भी तस्वीर से बाहर निकल आया क्यों तू मैं नुक्का यारियों यारियों यारियों में में ना फासले कच्ची डोरियों डोरियों डोरियों से मैनू तू मात ले पक्की यारियों यारियों में ना फास कागजी सारी तेरी मेरे सोने सुन ले मेरी। दिल दिया गल्ला करे नाल, नाल बह के अख नाले अख मिला के दिल दिया गल्ला है गे रोज रोज बह के सच्चिया मोहब्बत ना के k तेरी सिखाती है तुम्हें के देखो न लतीफा तुम्हें सुनाती उम्र के कि साथ नीत जाए ना